माशा हरे के हाजी मुझे ढूंढता मदीने में सुनिए भैया हरे के हाजी मुझे ढूंढता मदीने में हरे के हाजी मुझे ढूंढता मदीने में हरे के हाज हर हाजी मुझे मदीने में, में। या ला मुझे चैने। मुझे खजूर भी अजवा पता ला दिया लाजवाब लाजवाब जिंदाबाद नारे तक वीर आ मुझे खजूर भी अजवा अजवा बना दिया होता वाह अब एक शेर सुनिए ताज भाई आपके मैं रहा है ज नी मेरा मेरा चौथे गया बना दिया गया अब ऐसा अब शेर पढ़ूंगा कोई मुरीद अब खामोश रह नहीं सकता दो किसी दो दो है किसी से भी मुरीद हो दो दो दो किसी सलासिल से मुंसलिक हो ऐसा शेर है तमन्ना क्या अक्सर भाई सुने तमन्ना क्या है